नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दिनांक 1 फरवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देश ग्रामीण उद्देश्य सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व तो नाम राशि न ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखिए जन्म राशि की प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता मात्र भी मत करिए इसी आधार पर लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ये राशिफल तैयार किया गया है जो भी प्रभाव जो है प्रभावी गणनाएं होंगी वो लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके होगी विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सब्बत उन्नीस सूर्य जो होगा प्रतः छः बजकर छप्पन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर तिरालीस मिनट पर उत्तरायण चल रहा है दर्शकों और आज जो दिन रहेगा ये शनिवार रहेगा और तिथि जो रहेगी ये सप्तमी तिथि देखिए रहेगी शाम को छः मिनट तक की इसके बाद फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी सप्तमी तिथि के दिन जो है हमने आपको बताया था कि सप्तमी को आंवला हो गया ताल का सेवन करना ब्रह्मा व्यवस्था पुराण में मनाही है तथा अष्टमी के दिन आप नारियल का सेवन न करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा नक्षत्र अश्वनी और भरडी रहेंगे वहीं वरिज और विष्टिकरण रहेंगे योग रहेगा शुभ और अशुभ समय पर अब हम आ जाते हैं राहु काल सुबह नौ बजकर सैंतीस मिनट से दस बजकर अट्ठावन मिनट तक का रहेगा वहीं शुभ समय पर आ जाते हैं तो ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर इकतालीस मिनट के बीच जीत मुहूर्त रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को कर लीजिएगा चंद्रदेव एरिस अर्थात मेष राशि में चलायमान रहेंगे सूर्यदेव कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि में चलायमान रहेंगे पूर्व दिशा की ओर दिशा सूल जो है रहेगा यदि आपको यात्रा करनी हो तो आपको करना क्या होगा तो अदरक की चाय पी करके आप लोग यात्रा करिएगा घी खा सकते हैं अदरक खा सकते हैं तो ये यात्राएँ आपकी शुभ और अच्छी रहेंगी और कोशिश कीजिएगा पहले पश्चिम दिशा की ओर आप लोग चार पक चल लीजिएगा उसके बाद फिर आपको जो है पूर्व दिशा की ओर जाना होगा तो मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों का क्या रहेगा हाल इस पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि वार्षिक राशिफल पड़ चुका है शनि का गोचर भी पड़ चुका है जुपीटर का जो ट्रांजिट था वो भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा के देख सकते हैं राशिफल में पहली राशि आती हमारी मेष राशि मेष राशि के जातकों आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को पसंद आएगा कानूनी मामलों में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही आज आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हुए दिख रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में आज मेष राशि के जातकों का मान सम्मान और कद बढ़ सकता है किसी व्यक्ति की मदद करने से आज, आज आपको फायदा होगा आज आपके कुछ नए दोस्त और नए अनुबंध बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अनाथालय अना में आज आपको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना रहेगा कुछ खाने पीने वाला फल फ्रूट जूस इत्यादि आप लोग दे सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज लाइट ग्रीन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती आती टॉरस जी हाँ वृषभ राशि बिल्कुल सही सुन रहे हैं वृषभ राशि के जातकों आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ अधिक रहेगा किसी खास काम में आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा दोस्तों की मदद से आज आप कैरियर में आगे बढ़ेंगे लेन देन के मामले में आज आपको जानकार लोगों से सलाह मिलेगी आज आपको काफी ज्यादा लाभ होगा फायदा होगा आज नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे आपको परिवार का सुख प्राप्त होगा और करियर में आज आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी कोई नई नौकरी कोई नया रोजगार आज, आज आपको प्राप्त हो सकता है मुकदमों में आज, आज आपको विजय प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या होगा तो सबसे पहले किसी को पैसा मत दीजिएगा वाहन सावधानी पूर्वक आज चलाने की सितारे यहाँ पर चला दे रहे तथा भैरव मंदिर में आज, आज आपको दूध का धान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा छः मिथुन राशि के जात आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा कारोबार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपको कोई नया अनुभव मिल सकता है किसी नई जगह की यात्रा करते हुए मिथुन राशि के जातक दिखाई पड़ रहे हैं आज आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद लें तथा आज श्री सूक्त का पाठ करिए निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ कर्क राशि के जात को आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा किसी काम में मेहनत करने से आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती, आज सकती है आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं किसी काम में भागदौड़ करने से आज आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है साथ काम करने वाले व्यक्ति ए, के मन में आपको लेकर के कुछ गलतफहमी हो सकती है जीवन साथी के साथ किसी भी बातों को लेकर के आप दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है नेगेटिविटी से बचने की आज आपको कोशिश करनी होगी और आज आपकी सभी समस्याओं का हल होगा कर्क राशि के जात को सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को कोशिश करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा नौ सूर्यदेव की राशि सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा बिजनेस में कुछ बहुत बड़े फैसले आज आप लोग ले सकते हैं कई दिनों से परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानियाँ आज सॉल्व हो सकती है आज आपको किसी फ्रेंड की मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत आज आपको छोड़नी पड़ेगी इसी में आपकी भलाई रहेगी शाम तक की दोस्तों की मदद से कोई परेशानी आपकी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है साथ ही साथ आज आप लोगों को किसी को धन नहीं देना है पूर्व में किए गए निवेश आज आपको धन लाभ दे सकते हैं कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले भी आज, आज आपके पक्ष में आ सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए साथ ही साथ आज के दिन आप लोगों को जो है गाय को कुछ मीठा खिलाना होगा सिंह के बाद बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि कन्या राशि के जात को आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा कुछ लोगों की उदारता से आज आपके काम पूरे होंगे कैरियर में सफलता के लिए आज आपको दिमाग में कोई ना कोई नया विचार चलता रहेगा रिश्तों के लिहाज से आज आपका दिन खास रहेगा आज आपको हर बात की गहराई में जाने की इच्छा होगी व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी आज आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कुत्ते को आपको रोटी खिलानी रहेगी साथ ही साथ काले तिल का दान धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए किसी काम में आज आपको ज्यादा समय लग सकता है कोई कठिन काम आज, आज आपको परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ कुछ गलत कमी हो सकती सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक रहेगा आज समय पर खाने पीने से आज आपकी आगे सेहत ठीक रहेगी और जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे लेकिन जीवन साथी के साथ तो रिश्ते मजबूत होंगे लेकिन भाई बहनों के साथ रिश्ते आज आपके मधुर नहीं रहेंगे तो भाई बहनों से किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चूंकि देखिए ढैया प्रारंभ हो गई है तुला राज के जात को तो दशरथ के शनि स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ हनुमान अष्टक का भी एक बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आज किसी नई योजना को लागू करने से आपको धन लाभ मिल सकता है किसी जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा मित्रों की सलाह लाभपूर्ण हो सकती है किसी मित्र से आज आपको कुछ गिफ्ट या उपहार भी मिल सकता है परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है आज मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे कहीं घूमने फिरने आप लोग बाहर जा सकते हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा भैरव मंदिर में आज, आज आप लोग दूध का दान करिए साथ ही साथ आज, आज आप लोग दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ सेजिटेरियस धनु राशि के जातकों आज कारोबार में अचानक फायदा होने के योग बन रहे हैं सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत रहेगा अधिकारियों से किसी खास काम के बारे में आज बातचीत होगी आज आप अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों से होने वाली कुछ ज़रूरी मुलाकातें आज आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी कारोबार में आज आपको लाभ होगा कोई नया रोजी कोई नया रोजगार आज आप लोग शुरू कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज कोई मीठी चीज़ आपको महिला को या कन्या माफ करिएगा महिलाओं को नहीं कन्याओं को जो दस वर्ष से छोटी हो इनको कोई मीठी चीज़ आप लोग खिलाइएगा साथ ही साथ आज आप लोग जो है हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिएगा और हनुमान जी को आज बेसन से बनी हुई किसी जो है मिष्ठान का आपको भोग लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः मकर राशि कैप्रिकॉर्न क्या कहता है आज आपका दिन तो आज आपका दिन साहब सामान्य रहेगा आज आपके कुछ कामों में देखिए रुकावट आएगी लेकिन शाम तक की आपके सभी काम सिद्ध होंगे पेशेंस से काम लीजिएगा क्योंकि कुछ काम में रुकावट आएगी तो स्वाभाविक है आज आप परेशान रहें लेकिन यहां पर सितारे सलाह दे रहे हैं कि पेशेंस से काम लीजिएगा क्योंकि शाम तक की वो काम आपके बनेंगे आज आपके ऑफिस में अधिकारी वर्ग काम को लेकर के थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं आपको प्रेशराइज कर सकते हैं साथ ही साथ आज जल्दबाजी में किसी भी सरकारी काम को करने से आपको बचना चाहिए आज आपका उदार स्वभाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा लेकिन पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आज आपके समक्ष आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज के दिन तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और दूध में काले तिल मिला करके लघु रुद्राभिषेक जो होता है इसको कर सकते हैं रुद्राष्टक के पाठ से कर सकते हैं तो ये आप लोग काम करिएगा साथ ही साथ कुत्ते को आज आप लोगों को मीठा चावल देना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा तीन एक्वायर्स कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा छो, जो है ए, सुबह से ही लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज आपको किसी काम से अचानक धन लाभ होगा खास करके जो राशि कुंभ राशि के हैं और कोई एग्जाम देने के लिए निकल रहे हैं तो ये आज एग्जाम में सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ इनको इनकी मेहनत का आज पूरा परिणाम प्राप्त होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी कोई सूचना जो है ये आज आपको मिल सकती है और आपका दिल खुश कर सकती है आज आप लोग दिल की जगह दिमाग से यदि सोचें तो दिन बेहतर रहेगा प्यार में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है कोई नए रिश्ते में आज आप लोग पढ़ सकते हैं आज आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आप लोग उच्चारण करिए जाप करिए साथ ही साथ आज कोशिश कीजिएगा कि शिवजी के मंदिर में जा करके आप लोगों को अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा इससे आपको श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाइट पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती आती है मीन राशि तो मीन राशि के जातकों आज परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे खास करके जो स्टूडेंट्स हैं इनको इनके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा घर में खुशी का वातावरण रहेगा आज आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं आज आपको दैनिक कार्यों में सफलता मिलेगी जरूरतमंदों को आज आप लोग भोजन कराइएगा साथ ही साथ आज गाय को रोटी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और चीनी अर्थात मिश्री या शक्कर रख करके गाय को खिलाइए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा शाम के समय एक दीपक तिल के तेल का अपने घर के मेन द्वार पर आपको जलाना रहेगा मुख्य द्वार पर शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ तो दर्शकों ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार